हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल वीडियो को लाइक like कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे तो पास में बेल नोटिफिकेशन आएगा उसको ऑल पर कर देना है गाइस वीडियो को लाइक like कर दो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो गाइस और गेव पार्टिसिपेट करने के लिए आपको करना क्या है चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक like करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है गिवे पार्टिसिपेट करने के लिए जो भी चैनल को सब्सक्राइब करेगा उन्हें पार्टिसिपेट करने को मिलेगा अन्यथा नहीं मिलेगा किसी को गाइज इसलिए वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से जाओ और वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है गाइज इसलिए वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइज आप भी यदि ऐसे वीडियो बनाते होंगे तब आपको पता चलेगा कितनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में इसलिए गाय इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से गई चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कि वे पार्टिसिपेट करो जो भी चैनल को सब्सक्राइब करेगा उन्हें गिवे मिलेगा मतलब कि डायमंड है आलू के कॉरोनो हैं जिसको जो चाहिए वो कमेंट सेक्शन में अपनी आई और उनका नाम लिख दे डायमंड चाहिए उनको डायमंड भी मिलेगा गाइज जो नाम लिखेगा उनको वो मिलेगा इसलिए गाय वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाय आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है इसलिए आप सपोर्ट करो गाय जब आ गए हैं यहाँ पर उसने एडबलेम से शॉट मारा मुझे तो गाइज हम जाते हैं उसके पास ये लोग दोनों डाउन दोनों को डाउन यानी कि ख़त्म भी कर दिया जाते अब जाते हैं अपने टीममेट को रिवे करने अबे यार यहाँ पर बंदा था कोई बात नहीं जीत के हम हमारे पास एक तो है एम फोर्टी और ए बड़ा धमाका होने वाला है देखते क्या होता है देखते रहिए पाया ये लो ये यार यार दूसरी बार भी डाउन क्या गजब दिया ये गए नहीं गजब देखते रहिए एम यार डाउन कर दिया वापस क्या है मज़ा नहीं आ रहा खेलने में डाउन कर देते अल... क्या होता गैस? है गैज देखते रहिए ये बंदा क्या कर पाता है कुछ नेट गए साले ने इसके पास ही कर दिया और जीत गए गैज अब की बार क्या बोइया होता है या नहीं गैस देखते रहिए यदि बोइया हो गया तो बड़ी अच्छी बात है नहीं हुआ तो खराब बात है गैज गाइज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो वापस के देता हूँ गैज इतना कर दो प्लीज़ छोटे क्रिएटर को सपोर्ट करो मिले किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय